दोस्तों क्या जाना तमाम दोस्तों मैं आपका मैं हूँ आपका मेजबान नुमान साजबा और आप देख रहे हैं अनोनी मस्जिदी मस्जिद सो आज बहुत चश्मी की बात है क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के समनाबाद में जहाँ पे मैंने बकरों का रेट यहाँ पर सुना तो बड़ा ही खूब किस्मत रेट है और ये समल जिस तरह महंगाई का दौर चल रहा है उस दौर के लिहाज से यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त और एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग तो अभी हम इनसे भी जानते हैं कि क्या इतना रेट इनका क्यों चीप है और ये भी इनसे पूछेंगे कि क्या ये रेट आगे हमें इसमें और भी कमी करके दे सकते हैं या नहीं तो बगैर टेवेस्ट के बच सकते हैं इनकी तरफ और भी जानते हैं कि इस बकरों में क्या खूसियत है और क्या इसमें फीचर है जिसकी वजह से ये हमें इतना जबरदस्त रेट प्रोवाइड कर रहे हैं जी को सर क्या नाम है आपका अच्छा सर बताएंगे की आपका ये जो बकरा है पचहत्तर पचहत्तर हज़ार कर रहे हैं लेकिन जब कोई आएगा। वो रखता उससे अच्छा आप यही बता रहे हैं हमें चौका है ये भाई चौके हैं अच्छा आप देख सकते हैं जितने भी इन लोग पकड़े सारे चौके हैं और उसके अलावा इसमें क्या खसूसियत क्या है इन लोगों में किस वजह से आप इनको इतना सस्ता दे रहे हैं और क्या वजह इसमें क्या आप मार्केट से इतना हिस्सा दे रहे हैं भाई ये है की मैं बोपारी थोड़ा बच्चों को रोजी रोटी के लिए लेके आए बिल्कुल थोड़ा बहुत मुनाफा रखिए फिर और लेके आके सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा खबाब ने ये शुरू करती है ये बढ़िया न मुझे तक तीन माह तकरीबन तीन माह हो गए ठीक है और उसके अलावा आपको इसमें क्या मुनाफा नजर आ रहा है कि क्या आपने इसमें अच्छी रखनी है कि कल को अगर कोई मारे दूसरे बंदे इसमें अप्लाई करना मतलब कर दे क्या है तो मुनाफा मिल जाता है मेहनत बहुत है इसका में मेहनत बहुत ज़्यादा है क्या लोग पैसे पैसे तो लगा लगा मेहनत करना बहुत कम अच्छा आप इस जगह पे कब से मजबूर कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैं तीस साल हो गया बैठा तीस साल हो गए और नहीं इस अभी कितनी देर हो गई मतलब कितनी गाहक हो गए और मतलब दो दिन हो गए यहाँ पे बैठे आप यहाँ पे सोचते हैं आप यहाँ पे सब कुछ शायद रहा है वहाँ पे ले जाते हैं और सेकंड ये बताएँ कि इनमें जो सबसे हैवी बकरा है मतलब आपके पास जो सबसे जो लार्जेस्ट बकरा जिसको हम कहते हैं उसका क्या प्राइस है आप देंगे क्योंकि वो भी पचहत्तर हज़ार करते हैं अच्छा कोई अगर हमारे मतलब मेरे जिस तरह व्यवर्स हैं अगर वो आपके पास आते हैं मेरी वीडियो देखें क्या आप उनको डिस्काउंट देंगे जी आपने पास जितना हो सकता प्या अच्छा रहा ठीक होगा अच्छा आप ये बताएँगे जब आपके पास है सबसे ओपन तो रेट पे है उसके अंदर कितने किलो गोल होगा चालीस किलो तो तो तो हो गया। है। है। ने ने जी सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू सर आपने हमें गाड़ी किया जी सर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इनका जो सबसे हैवी वेट है, है। पौड़ा का वो चालीस किलोग्राम है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त वेट देखने को मिलता है क्योंकि जिस प्राइस पैक में ये लॉन्च कर रहे हैं मतलब जिस प्राइस पैक में ये हमें बपरा प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज़रदस्त रेट है उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और दोस्तों चैनल को दूर सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बताओ